एक बार एक लड़के ने मरकरी यानी पारा को इंजेक्शन में भरकर अपनी नौ मतलब ब्लड वेसेल्स में इंजेक्ट कर लिया था उसको लगा था कि एक्समेन वोल्वरिन में एडमेंटियम क्लोन होते हैं ना उसको भी वही मिल जाएंगे आप सभी को पता है अगर एक ड्रॉप मरकरी एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा हार्मुल होता है लेकिन क्या हो अगर पारा यानी मरकरी को हम पी जाए आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दू ऐसा कभी मत अगर गलती से ऐसा कर लेते हो तो सबसे पहले आपके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे पहले हार्ट फिर ब्रेन फिर लंग किडनी सब कुछ फेल हो जाएगा और आपकी जीप का टेस्ट बदल जाएगा आप कुछ भी खाओगे आपको मेटालिक सा टेस्ट आएगा और अगर आप जल्द अपना इलाज नहीं करवाओगे तो आपका ब्लड प्रेशर बदलने लगेगा जिसकी वजह से आपकी ब्लड मसल्स फूटने लगेगी और फिर कुछ ही देर बाद आपकी बेहद दर्दनाक मौत हो जाएगी आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर